वृषभ राशि के जातकों नमस्कार स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल पे साल 2020 में कितना पैसा कमाएंगे आप कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज हम बहुत कुछ खास लेकर के आए हैं कि वर्ष 2020 में कितना पैसा आप कमाएंगे कैसे कैसे कमाएंगे कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और पैसा कैसे अच्छे वेग से आए इसके उपाय क्या है इन सभी विषयों पर हम हाँ प्रकाश डालेंगे दर्शकों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक अपील करेंगे कि प्लीज इस को और बगल में बना बेल हमारा जो राशि फल है ये चंद्रमा के जो है चंद्र राशि पर आधारित है जैसे ग्रामीण ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानम जन्म राशि न चिंचित विवाह सर्व मांगल्य यात्राया जन्म राशि प्रधानमंत्र नाम राशि न है, तो नाम अपने इस चैनल पर डाले हैं भाग्यशाली की डाले हैं आप लोगों को अपने वैलेट में क्या रखना यह सभी चीजें हमने जो है आप लोगों को जाके बस देखना है तो चलिए दर्शकों आप आगे बढ़ते हैं तो वृषभ राशि के जातकों का देखिए जो शनि की ढैया थी तो इस साल की शुरुआत में 24 जनवरी तक खत्म हो जाएगी 24 जनवरी के बाद जो शनिदेव का गोचर रहेगा ये मकर राशि में आ रहे हैं और शनिदेव आपके जो स्वामी बनते हैं भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं कर्म भाव के स्वामी बनते हैं तो वृषभ राशि के जात को इस साल अनिष्टकारी जो अष्टम शनि के प्रभाव थे इससे आप पूरी तरीके से मुक्त होते हुए दिखाई देंगे इस साल शनि आपकी राशि से नवे भाव में चौबीस जनवरी को विराजमान होंगे साल की शुरुआत में राहु आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे पुनः तेईस सितंबर को ये आपके प्रथम भाव में फिर जाएंगे उसके बाद 30 मार्च को देवगुरु बृहस्पति हैं ये मकर राशि के नवे भाव में प्रवेश करेंगे इसके बाद 30 जून को पुनः राशि में पश्चगामी हो जाएंगे मतलब पीछे की ओर आ जाएंगे और मकर राशि के नव भाव में प्रत्ये जो है प्रत्यक्ष दर्शी होंगे ये 31 मई से 8 जून तक शुक्र जो रहेंगे ये दूसरे भाव में दर्शकों अस्त रहेंगे जो सेकेंड हाउस होता है कुटुम्ब का होता है धन स्थान का होता है तो साल 2020 की शुरुआत आपके लिए देखिए दर्शकों मध्यम रहेगी 24 जनवरी तक स्टार्टिंग आप उतनी अच्छी ओपनिंग नहीं कर पाएंगे लेकिन आप चौबीस जनवरी तक शनि की ढैया के प्रकोप में रहेंगे लेकिन इसके बाद वर्षफल दो आप लोगों के लिए बहुत अति उत्तम रहने वाला है खास करके उन जातकों के लिए जो कि फैशन से रिलेटेड आईटी से रिलेटेड कपड़ों से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मार्केटिंग के काम इत्यादि से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये साल काफ़ी कुछ गोल्डन रहने वाला है यदि आप बेकरी शॉप के मालिक हैं यदि आप फूड से रिलेटेड कोई चेन चलाते हैं यदि आप कॉस्मेटिक चीज़ों से रिलेटेड कोई जो है कार्य करते हैं तो गोल्डन पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा आप इस साल धन की कमी कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि आपके आय के स्रोत अच्छे हैं आप किसी को बस धन मत दीजिएगा दर्शकों 2020 के अनुसार जो वृषभ राशि के जा, जातक रहेंगे गलत रास्ते या गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में ना सोचे तो बेहतर रहेगा हमने पूर्व में भी आप लोगों को बताया है या भविष्य में आपको भारी संकट में डाल देता है आप हमारा इशारा समझ गए होंगे जो लोग सरकारी क्षेत्र में है और दाए बाए से जुगाड़ करके इधर उधर से पैसे कमाने की सोच रहे हैं तो आपको भारी भरकम मुसीबत में डाल सकता है इस साल आपको कई जगह से धर्म के लाभ प्राप्त हो सकते हैं धार्मिक की पर देखिए जाएंगे वहाँ से आप लोग कुछ जो है मतलब प्रॉफिट ले सकते हैं व्यापार में आपको बहुत अधिक लाभ होगा साल के मध्य तक आपको सकारात्मक पॉजिटिव खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा बिल्कुल श्योर है तब निश्चित रूप से आपको सबसे अधिक खुशी प्राप्त होगी स्टार्टअप करने वालों के लिए भी साल अच्छा जाने वाला है अपशब्द नहीं बोलना है ससुराल पक्ष से आपका कुछ विवाद हो सकता है हालांकि साल के मध्य में आपकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होगी लाभकारी सिद्ध होगी ये लाभ अप्रत्याशित या प्रत्याशित दोनों हो सकते हैं मतलब आप समझिए कि जैसे आपको तो कहीं पैसा फंसा हुआ है लंबे अरसे से नहीं मिल रहा था तो आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा अगस्त और सितंबर का माह जमीन जायदाद के क्षेत्र में निवेश के लिए सबसे ज्यादा आपके लिए वृषभ राज के जात को उत्तम सिद्ध होगा अगर किसी विदेशी कंपनी से आपकी संधि है तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आय के क्षेत्र में भारी इजाफा होगा बिल्कुल श्योर है अकार सत्य है शनिदेव भाग्य के घर में बैठकर तीसरी दृष्टि आपके इनकम के घर को दे रहे हैं इनकम के घर को देख रहे हैं बहुत बड़ी बात होती है सितम्बर के महीने में राहू का मिथुन से वृषभ राशि में गोचर आपको धन के मामलों में काफ़ी ज़्यादा लाभ प्रदान करेगा जहाँ तक आर्थिक मामलों का स्वभाव है दर्शकों तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये चीज़ हम आपको बता दें उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा दर्शकों अच्छा रहेगा यदि आप अपनी कुंडली दिखवाएं आपकी कुंडली में जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ क्या थी वर्तमान में किस ग्रह की महादशा चल रही है तो वो बेहतर रहेगा अपॉइंटमेंट लेकर के आप लोग दिखवा सकते हैं आपके सहन में भी आते हैं लेकिन फिर भी यदि आप नहीं दिखवा पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं हम जो उपाय बताने जा रहे हैं आप लोग इस प्रयोग को करिए प्रतिदिन श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ आप लोग अभी से स्टार्ट कर देंगे शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर दही आपको चढ़ाना रहेगा वर्ष में एक बार गन्ने के रस से आपको करना रहेगा ये तीन क्रिया करिए को। YouTube पर तमाम हमने जो है दूसरे दूसरे एस्ट्रोलॉजर हम किसी की बुराई नहीं करेंगे लेकिन उपाय उनको कायदे से जेन्यून उपाय बताना चाहिए तो आप अच्छे उपाय करिए अगर आप हमसे नहीं भी बात करेंगे कोई दिक्कत कर नहीं आप लोग ये उपाय करें इससे आपको लाभ मिलेगा तो ये चीजें आपको करिए बस करना ये है कि किसी दूसरे से घूस वगैरह नहीं लेनी है आपको यदि आप इन सब चीज़ों में संलिप्त हैं तो शनिदेव न्याय के ग्रह हैं फिर बाकी आपको समझना रहेगा तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बना बेलाइकन दबाइए पुराने हैं तो इस वीडियो को फिर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है इसको शेयर कीजिए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं यदि आप तो हमारे पेज को लाइक कीजिए हमें फॉलो कीजिए और हमारे वीडियो को जब शेयर कीजिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं व्हाट्सएप करके आप लोग प्रोसेस पूछ सकते हैं इजाजत मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार